मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है उनमें राजशाही बरकरार है कांग्रेस कभी भी गुलामी की मानसिकता से ऊपर नहीं उठ सकती हमने गुलामी के प्रतीक राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर हल्ला बोला और कहा की पहले दिन से आप घरे में खड़ी है उन्होंने कहा सदन में सागरभित चर्चा करें हंगामा न करें हम चर्चा को तैयार हैं मिश्रा ने कहा कांग्रेस का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है उनमें राजशाही बरकरार है कांग्रेस कभी भी गुलामी की मानसिकता से उबर नहीं सकती हमने गुलामी के प्रतीक राजपद का नाम बदलकर कर्तव्य पद कर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी है देखिये आम आदमी पार्टी है कटघरे में आप पहले दिन से शराब घोटाले में पूरी आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री कंठ तक डूब गए और फंस गए अब वो विषयांतर करना चाहते हैं देखो कांग्रेस की मानसिकता राज राजा लोगों जैसी थी उनका कभी डेमोक्रेसी में विश्वास ही नहीं रहा इसलिए इमरजेंसी थोपी गई थी उनके सांसद का भी मानसिकता वही है जबकि भारतीय जनता पार्टी और हमारे वैश्विक नेता मोदी जी उनका मानना यह है कि आम आदमी के लिए आम आवाम के लिए राजपद नहीं लोकपथ और लोकपथ के लिए कर्तव्य पथ और इसलिए कर्तव्य पथ उसका नाम दिया है जिस असंख्य भारतीयों का बलिदान जिस देश के लिए हुआ हो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि इसका कर्तव्य पथ नाम रख देने से होगा ये गुलामी का प्रतीक है और गुलामी का प्रतीक अभी भी आपने देखा होगा जो जहाज पे से उन्होंने झंडा बदलवा के भारत का झंडा किया वो गुलामी का ही प्रतीक था जिसको हटाया है और ये गुलामी की मानसिकता से कांग्रेस कभी उबर नहीं सकती मिश्रा ने कहा मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार है कानून का राज है किसी आतंकवादी को सर नहीं उठाने दिया जाएगा उन्होंने कहा मुख्यमंत्री चौहान श्रवण कुमार की भूमिका में है कांग्रेस और भाजपा में फर्क यह है कि हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं और वह खुद के लिए पदयात्रा कर रहे हैं आप और आपके माध्यम से ये बात जनता तक पहुंचनी चाहिए कि कोई आतंकवादी अपना सर नहीं उठा पाएगा हम उसका सर कुचल देंगे मध्य प्रदेश में किसी भी असामाजिक तत्व को इस तरह के कृत्य की इजाजत नहीं मिल सकती ये शिवराज सरकार कानून का राज देखिये मध्य प्रदेश की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान श्रवण कुमार की भूमिका में हम तीर्थ दर्शन तीर्थ यात्रा करा रहे हैं अपनी जनता को और एक वो है जो पदयात्रा खुद के लिए कर रहे हैं परिवार के लिए कर रहे हैं ये दो फर्क है कांग्रेस की सोच और भारतीय जनता पार्टी की सोच